बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार एक राजा जो शायद सिद्धार्थ था बाद में वह गौतम बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ वह राजा अपने सारथी जो रथ चलाता है उसके साथ गांव की शहर करने गया था राजा ने एक बार किसी वृद्ध आदमी को देखा तो उसने पूछा ये कौन है तो सारथी ने जवाब दिया यह बूढ़ा व्यक्ति है दर्द के कारण चिल्ला रहा है उसके बाद कुछ दूर जाने पर एक आदमी को चार लोग कंधे पर लेके जा रहे थे राजा ने कहा अब तक जिनसे हम मिले वे सभी इन लोगों से यह अलग है ये कौन है तब सारथी ने जवाब दिया कि यह आदमी मर गया है हर व्यक्ति का एक दिन यही हाल होता है एक दिन हर व्यक्ति को जाना ही होता है तो क्या उस राजा ने कहा तो क्या मैं भी एक दिन इस दुनिया से जाऊंगा। सले ने कहा हाँ जरूर